भला करम कर दे मेरे मौला अता कर दे दुआ की लाज रखवाला सवाली का भला कर दे मेरे मौला कर्म कर दे मेरे मौला अता कर दे किलाखाला सवाली का भला कर दे जिसे चाहे तु कैद बादशाह ये तेरे मर्जी है जिसे चाहे तु कैद बादशाह ये तेरे मर्जी है फ़कीरें बेनवा कर दे जिसे चाहे गदा कर दे फर बे नवा कर दे जिसे चाहे गदा कर दे मेरे मौला कर्म कर दे मेरे मौला अता कर दे पाकिलाघव सवानी का भला कर दे रिदाई पात मा जहरा सलामुलाह के सदते में रिदाई पात मा जहरा सलामुलाह के सदते में मेरे सर पे भी या मौला तू रहमत की रिदा कर दे मेरे सर पे भी या मौला तू रहमत की रिदा कर दे मेरे मौला कर्म कर दे मेरे मौला अता कर दे रख का भला कर दे असीरी के भलासता देता हूँ मैं तुझको असीरी हर एक मजबूर बंदी पे करम मेरे खुदा कर दे हर एक मजबूर बंदी पे करम मेरे खुदा कर दे मेरे मौला करम कर दे मेरे मौला अता कर दे कीलाज ज रखवालावाली का भला कर दे गदाई तूने बख्शी है मुझे शहरे मदीना की गदाई तूने बख्शी है मुझे शहरे नसलो को बी मदीने का गदा कर दे मेरी नस्लों को बी मदीने का गदा कर दे मेरे मौला कर्म कर दे मेरे मौ राजा भला कर दे फारू की दुआ गोहू के मारू के लिए मोला है फारू की रे को रिहा कर दे गमों की कैद से हर बेसहारे को रिहा कर दे मेरे मौला कर्म कर दे मेरे मौला अता कर दे दुआ की लाज रखवा Every day.